फिर से आ गया आज जाएगा आज काम करने के लिए जाएगा मिजोरम में, में सो देखते रहना लास्ट तक तो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज जाने वाला है मोंट मौन्ट। क्या मोटा मोटा आता है ला रहा मिजोराम मिजोरम स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप में जाएगा आज तो स्कॉलरशिप में तो चलो रनिंग भी इतना नहीं दिखाया जो ब्लॉग मेरा ब्लॉग है ना रनिंग रनिंग रानिंग बेकार होता है भाई तो बनते रहो मेरे साथ ठीक है चलो आगे जाता है जा रहा है धीरे धीरे दोस्तों और जैसा कि मेरा सुंदर सा विलेज एक गाँव छोटा सा गांव है त्रिपुरा में उदयपुर का गोमती अंदर है तो धीरे धीरे हंसते हँसते घुमाते घुमाते जा रहा है अपना फ्रेंड के साथ तो जैसा है पूरा टैयार हो चुका है दोस्तों तो फूट फाट मार के हम लोग जाएगा हम लोग तीन आदमी है उधर अपना बाई अपना मिस्टर इंडियन बॉय का बारह चीफ एडिटर आप वो गाँव में रहेगा हम लोग मिजोरम में थोड़ा एक्सप्लोरिंग करेगा और मजा लेते रहेगा और यहाँ मेरा फ्रेंड है आस गास। सब कुछ चलो तो हाल जा रहा है दोस्तों एंटरटेन है ना हम लोग खुश खुश से ही हंसते रहेंगे चलो फिर भी हम लोग मुझको देखो मैं तो आती है लो? <laughs> <laughs> के लिए चिंता मत करो <laughs> <laughs> मुस्कुरा देखो आ, हम लोग मिजोरम में मेरा गांव से मिशोरम जा रहे हैं And, and we are going on go. the way we are now, and we are going to reach tomorrow. Yeah, yeah. Hey, uh, yeah, yeah, uh, guys. Ah, hello. What up? Attention. Yeah, you not what not attention. I am very lonely now. Video games, <laughs> I am no. For all my, for all my head now. I don't have eyes or gun. I हम चुम हम कैसे फेग आउट तुम ना नोक नोक वाइन बजार हेनों है, रूपंत्र कहीं नगो सनी ना तम कुंड तेना क्या बहरा नौता उपहल कैसे चलाई देगा एम बल कम बोल थे जी नंबर जो फेसबुक हेमो कमेंगे कनको ना ए